आज मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि क्रिकेट खेलना कैसा है क्रिकेट देखना कैसा है और क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहिए मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ एक ऐसा वाकया पेश आया इस साल में जबकि वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा था। मैच खेलने के बाद ऐसा वाक़ पेश आया कि जिसने तमाम के तमाम मुसलमानों का दिल जीत लिया तमाम के तमाम मुसलमानों को इससे सबक लेना चाहिए जो शराब में मुलविस तो इस तरीके से हम आप लोगों को बतलाये तो पूरा वाकया इस तरह है कि अभी हाल ही के दिनों में मैच हुआ जो कि इंग्लिश टीम इस बार क्या बनी चैम्पियन बनी वर्ल्ड कप उसने ही जीता आपको पता है जब इंसान कोई चीज आपको पता लेकिन इस्लाम ने इन सब चीजों से मना करा इस्लाम ने कहा अगर आपको कोई कामयाबी मिलती फता नसीब होती है तो मेरे भाई उस पर रब का कर शुक्र अदा करो उसकी हमदना बयान करो तो इस तरीके से अच्छा एक बात और लो, आजकल लोगों को अफसोस भी होता है कि हमारी टीम हार गई हमारी टीम हार गई देखो एक बात बदला है जितना अफसोस हमें क्रिकेट के हारने पर हो रहा है इतना अफसोस अगर हमें नमाज के कजा होने पर होता तो अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की दोनों जीत अता कर देता लेकिन हम क्या कर रहे हैं उस मैच को देख कर टाइम पर कर रहे हैं हमें ये भी नहीं पता है खबर भी नहीं है कि नमाज का वक्त हुआ या नहीं हुआ तो मेरा भाई बतलाने का मकसद हमारा कुछ और है वो ये है कि जब इंग्लिश टीम ने इस इस बनी मतलब वर्ल्ड कप को जीता वर्ल्ड कप जीतने के बाद जश्न वश्न मनाया खूब खुशी मनाई खूब शराब भी मतलब पी गई और पिलाई गई इस तरीके से जब उनके पास शराब लेकर आए अच्छा एक बात और बता दें इंग्लिश टीम में दो ऐसे भी मुसलमान है दो सच्चे पक्के मुसलमान है जिन्होंने सारे के सारे मुसलमानों का दिन जीत लिया और वो मुसलमान जो आज शराब में मुलिस हैं चाहे वो खुशी में पी रहे हो चाहे टेंशन में पी रहे उनको भी इससे सबक लेना चाहिए उनको भी इससे सबक लेना चाहिए। तो वो दो मुसलमान आदिल रशीद और मोइन अली तो इस तरीके से जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैच पूरा हो गया पूरा होने के बाद जब इंग्लिश टीम के पास शराब लाई गई पीने पिलाने के लिए तो ये दोनों शख्स उस टीम को छोड़कर बाहर मैदान में चले आए उस मतलब शराब को देखकर फौरन उस जगह से हट पड़े उस गुनाह वाली चीज को देखकर फौरन के फौरन अपने आप को क्या कर लिया कंट्रोल में कर दिया तो मेरे भाई हमें सोचना चाहिए वो मुसलमान जो आज हर वक्त शराब में फसे हुए हैं शराब पी पी कर अपने आप को हला कर दिया मेरे भाई देखो इस्लाम में जो चीज़ मना है वो मना है इस तरीके से वो दो मुसलमान जो थे ना उन्हें पता था कि इस्लाम में ये चीज सही नहीं है और जो उनका कप्तान है उस टीम का उसने भी उन लोगों को मना कर दिया कि आप यहाँ से चले जाइए तो ये भी उसका बहुत रहम और करम है क्योंकि शराब कोई अच्छी चीज थोड़ी ना तो इस तरीके से हम आप लोगों को बतला रहे हैं कि शराब कितना हमारे लिए नुकसानदायक है और इस्लाम ने इस चीज को जब मना करा है तो फिर क्यों मना करा आपको सामने सामने पूरी दुनिया में नजर आ रही है कि शराब पीने की वजह से कितनी हलाकते हो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या वाहन करी इसके ऊपर सख्त से सख्त वाहिदे नाजिल फरमाई हैं एक हदीस में है कि हजरत अनस बिन मालिक रजी रिवायत करते हैं कि हजूर सल अम ने शराब के बारे में दस ऐसे लोगों पर लानत फरमाई तो वो कौन से लोग हैं शराब के बारे में नंबर एक शराब बनाने वाले पर नंबर दो शराब बनवाने वाले पर नंबर तीन शराब पीने वाले पर नंबर चार शराब उठाने वाले पर नंबर पाँच जिसके पास शराब उठाकर लाई जाए नंबर छः शराब शराब पिलाने वाले पर नंबर सात और शराब बेचने वाले पर नंबर आठ शराब की कीमत खाने वाले पर नंबर नौ शराब खरीदने वाले पर और नंबर दस जिसके लिए शराब खरीदी उस पर भी तो मेरे भाई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला रहे हैं कि इस पर लानत होती है तो फिर मेरे भाई शराब पीना कहां से हो गया लोग कहते हैं कि ये हम गम में पी रहे हैं ये हम टेंशन में पी रहे हैं मेरे भाई ये उसकी दवा नहीं है ये उसकी गम की दवा नहीं है बहुत बुरी चीज है हम आपको अगर कि शराब पीने की वजह से जो आज रिजल्ट हम लोग दिख रहे हैं जो दुनिया में नजर आ रही है उससे आप लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए मुसलमान को इस बुरे काम से बाज आना चाहिए और इबरत भी हासिल करे देखो इस क्रिकेट से इन दो खिलाड़ियों से जिन्होंने बहुत अच्छा काम करा तो मेरे भाई आज बहुत से लोग मुसलमान शराब में मुल्विस हैं शराब के बहुत नुकसान है अगर आप मैं आप लोगों को बदलाऊ शराब पीने की वजह से लोगों की लोग हर तरह की बीमारियों में जकड़े हुए हैं हर तरह की बीमारियों का शिकार बने हुए हैं कोई किसी मर्ज में कोई किसी मर्ज में किस वजह से शराब पीने की वजह से दूसरे वो आदमी लाखों लोग शराब पीने की वजह से आज क्या है? मर रहे हैं अपनी जिंदगी को हलाक कर रहे हैं और मेरे भाई कितना बड़ा गुनाह है कि अपनी जान को नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा गुनाह है अपनी जान को नुकसान पहुंचाना। इसलिए मेरे भाई इस्लाम ने इन सारी चीजों से मना करा क्योंकि ये बेकार की चीजें हैं मेरे भाई बहुत बुरी चीज है इस तरीके से ज्यादातर आप देख रहे होंगे सड़क हादसा जो हो रहे हैं सड़क पे जो वाकयात हो रहे हैं वो काय पर हो रहे हैं शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से हो रहे हैं इस तरीके से हजारों लोग शराबियों के हाथों बेकसूर मारे जा रहे हैं वो भी आप देख होंगे इसी तरीके से लाखों मर्द शराब पीकर अपनी औरतों बीबी बच्चों को किस तरीके से का निशाना बना रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह मार पीट कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत से लोग ऐसे जो शराब पीकर क्या क्या कर रहे कर रहे रहे रहे हैं, हैं, हैं, अपनी जिंदगी हलाक और उनके बच्चे क्या हो रहे हैं? यतीम सारे नुकसान हैं, तो हैं।, हैं। इसलिए मेरे भाई मैं कह रहा हूँ इबरत हासिल करो इनसे कुछ मोटिवेट हो कि यार इन्होंने कितना अच्छा काम करा काबिल तारीफ है कि वो उस मुलविस नहीं हुए और आज हम मुलिस हैं वो जीत कर भी नहीं हुए वो एक सच्चे पक्के मुसलमान और हम कैसे हैं कि जिधर देखा उधर गुना में मुल्व है तो मेरे भाई यकीनन क्रिकेट खेलना कोई अच्छा काम नहीं है कोई अच्छा काम नहीं है लेकिन आज हम इसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे क्रिकेट खेलना कैसा कैसा नहीं हमारा जो काम था वो इस क्रिकेटर से एक चीज मुझे अच्छी लगी तो उस चीज ने मेरे दिल को भी झिझोड़ दिया और उस पर मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया तो ये वाकिया था बहुत अच्छा था जो के उन दो मुसलमानों के सामने पेश आया उन दो मुसलमानों ने इस काम को अंजाम दिया कि शराब आई शराब नहीं वहां से हट गए इस तरीके से आपको भी अगर कहीं पर दिखे कि कोई शराब पी रहा है और आप नहीं है तो फिर मेरे भाई आप भी उस जगह से हट जाए तो मेरे भाई अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तो फरमाए और जितने भी गुनाह हैं उन सब से बचने की हिफाजत फरमाए और शराब जुआ ये बहुत बुरी चीज़ें हैं मतलब बहुत बुरी चीज़ें हैं अल्लाह ताला इनसे तो हमारी और भी ज़्यादा हिफाजत फरमाए क्योंकि अगर एक बार हम इस काम में मुल्विस हो गए तो फिर हम दोबारा अपने आप को रिवर्स में नहीं ले सकते आपको हम अपने आप को तो यूट्रन नहीं ले सकते हैं क्योंकि बहुत आगे जा चुके होते हैं मेरे भाई शराब पीने की वजह से बहुत सारे वाकयात और सेहत के मुतालिक से बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं और हाल हादसा भी आप लोगों तो के सामने नजर आ रहा है पूरी दुनिया में मेरे भाई देखो पूरी दुनिया में शराब पी जा रही है पी जा रही है लेकिन मुसलमानों को उससे बचकर रहना मुसलमानों को क्या करना उससे बच कर रहना जिस तरीके से अगर आप फ्लाइट में बैठे हैं और एयर स्पेस आपके पास आती है आपको शराब देती है आपको शराब देती है तो आप कहते हैं कि नहीं हमें नहीं पीना है शराब वो कहेगी क्यों आप कहेंगे क्योंकि हम अपनी ड्यूटी पर हैं वो कहेंगे आपकी ड्यूटी क्या आपकी रूटी क्या कुछ नहीं लेकिन जब आप उससे कहेंगे कि यही शराब आप क्या करें वो जो पायलट है ना उसको पिला दे तो वो नहीं पिलाएगा पता क्यों? क्योंकि वो कहेगी कि वो अपनी ड्यूटी पर है और इससे नुकसान हो सकता तो इसी तरीके से मेरे भाई जब आप फ्लाइट में एक मुसलमान हैं और और अगर आपने शराब पी ली तो आपका ईमान चला जाएगा आप एक गुना में मुल्विस हो गए तो मेरे भाई आप भी अपनी ड्यूटी पर हैं, आप भी अपने ईमान बचाने की ड्यूटी पर है तो मेरे भाई हर चीज से हर गुनाह से हमें बचना चाहिए और खास तौर से शराब जुआ ये जो हमारे ईमान को बहुत ज्यादा खोखला करता क्योंकि इससे बड़े से बड़े गुनाह हमारे होते हैं बहुत से बड़े से बड़े गुनाह क्योंकि हमारी फिर दिमाग काम नहीं करता इन सब चीजों को पी लेने के बाद खा पी लेने के बाद फिर हमारे दिमाग क्या हो जाता बस वस वसों से भर जाता है शैतान हमारे दिमाग को बिल्कुल बस वस से भर देता है तो दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम लोगों को इन सारी चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला अपने तकाम की फरमा बर्दारी करने वाला बनाए और नबी की सन्नतों पर ज्यादा से ज्यादा अमल करने वाला बनाए और अपने टाइम को वक्त अपने टाइम को टाइम में लगाने वाला बनाए यही खाली मूल्य में अपने वक्त को बर्बाद करो